और नक्षत्रों के गोचर के आधार पर आधारित है दर्शकों 15 जनवरी जी हाँ मकर संक्रांति इससे संबंधित एक हमने वीडियो अपने चैनल में बना दिया है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों को उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है क्या क्या प्रयोग करने हैं क्या क्या दान करना है सभी विषयों को उसमें हमने विस्तार से बनाया है आप लोग हमारे चैनल में जा के देख सकते हैं पंद्रह जनवरी का पंचांग क्या कहता है तो आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत्त 2076 हजार छिहत्तर शख दर्शकों माघ मास चल रहा है बुधवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः सात बजे और सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर तीस मिनट पर है उत्तरायण हो गया है और उत्तरायण सभी कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है तिथि की बात कर लेते हैं तो आज पंचमी तिथि दर्शकों रहेगी और पंचमी तिथि के बारे में हमने आपको पूर्व में भी बताया था और ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में भी लिखा है कि पंचमी तिथि को बेल का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप बेल का सेवन करते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर कोई ना कोई कलंक लगेगा ही लगेगा ये बिल्कुल अकाट सत्य है दर्शकों नक्षत्रों पर आ जाते हैं तो आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा करल पर आ जाते हैं तो करल रहेगा तैतिल और उसके बाद गढ़ और अंतिम जो करल रहेगा ये रहेगा वरि वरिज करण इसके बाद योग पर आते हैं तो शोभन और अतिगंड योग रहेगा अशुभ समय पर आ जाते हैं आज के राहु काल पे तो आज का राहु काल रहेगा दोपहर बारह बजकर पंद्रह मिनट से लेकर के एक बजकर चौतीस मिनट तक की राहु काल में शुभ कार्यों की मनाही होती है आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना होगा शुभ कार्यों को करने के लिए दर्शकों सुबह ग्यारह बजे से लेकर के ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट के बीच आप लोग शुभ कार्यो को कर सकते हैं या रात्रि के समय आप लोग इक्कीस मिनट से लेकर के और बाईस मिनट के बीच में शुभ कार्यो को कर सकते हैं इनमें आपके सभी कार्य अभीष्ट दिया होंगे चंद्र देव दर्शकों सिंह राशि में चलायमान रहेंगे ग्यारह बजकर अट्ठाईस मिनट तक की सुबह उसके बाद सूर्य देव मकर संक्रांति हो रही है तो सूर्य देव मकर राशि में रहेंगे इसके बाद और चलते हैं दिशा की ओर तो बुधवार दिन रहेगा बुधवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए यदि आपको उत्तर दिशा में जाना पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा तिल का सेवन धनिए का सेवन या जो है पिस्ता का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं और पहले दक्षिण दिशा की ओर आपको यात्रा करनी होगी उसके बाद आप फिर उत्तर दिशा की ओर जाइएगा तो निश्चित ही आपके कार्यों में सफलता मिलेगी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ आज नवीनता आएगी तो चलिए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं राशिफल में हमारी पहली राशि आती है, है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज ऑफिस में बड़े अधिकारियों का आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आमदनी में इजाफा होने के आसार नजर आ रहे हैं पूरे दिन आज, आज आप लोग खुद को बेहतर फील करेंगे राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज विदेश दौरों के अच्छे चांस बन रहे हैं घर परिवार का वातावरण आज शांतिदायक रहेगा प्रसन्नतापूर्वक रहेगा मन आज, आज आपका आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर रहेगा जीवन साथी के साथ आज आप कहीं पिक्चर देखने के लिए मूवी देखने के लिए घूमने के लिए बाहर प्लान कर सकते हैं आज पैसों के मामले में उन्नति के नए आयाम और नए रास्ते खुलेंगे आज, आज आप कुछ घरेलू जो है महंगे एक्सपेंसिव सामान खरीद सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गणेश जी को मोदक का भोग लगाइएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। शुभ कलर रहेगा रेड और शुभ अंक रहेगा एक वृषभ राशि के जात आज कार्य क्षेत्र में आपको पुरानी पहचान का फायदा मिलेगा रुके हुए आज, आज आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे अगर आज, आज आप अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग से किसी भी काम को शुरू करते हैं तो निसंदेह ही उसमें आज, आज आपको सफलता प्राप्त होगी आज, आज आपका मन आध्यात्म के प्रति अधिक अग्रसर रहेगा परिवार के साथ किसी धार्मिक तीर्थ स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं किसी स्नान में जा सकते हैं ऑफिस में आज आपके काम की तारीफ होगी विवाहितों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ उत्तम रहने वाला है वही जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए आज विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कर जो लोग आर्ट स्टूडेंट है उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है मेहनत करने की आज आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तभी आपको सफलता प्राप्त होगी किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले आज घर के बड़े बुजुर्गो की सलाह लेने आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा कुछ मामलों में आज आप अपनी बातों पर लोग दान पुण्य स्नान करेंगे आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा मसूर से बनी हुई वस्तुओं का रोजगार प्राप्ति में आपको सहायता प्राप्त होगी शुभ रंग रहेगा हरा और शुभ अंक रहेगा तीन कैंसर कर्क राशि के जातकों तो आज उच्च अधिकारियों का साथ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है परिवार में बेहतर तालमेल बनाकर रखने से आज आपके रिश्ते मधुर होंगे लेकिन ऑफिस में आज कुछ फालतू के विवाद आपके सामने आ सकते हैं उनसे आज आपको बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं घर के बड़े बुजुर्ग शाम को किसी जो है बीमारी का शिकार हो सकते हैं तो आपके धन का एक हिस्सा अपने घर के बड़े बुजुर्गों के जो है दवा में जाएगा आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपका संपर्क हो सकता है और आपकी किसी समस्या का हल भी निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज के दिन आप लोग राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करिएगा साथ ही साथ आज आप लोग चने से बनी हुई किसी दाल का दान भी कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक लियो सिंह राशि के जात आज का राशिफल क्या कहता है तो आज आपका मन बहुत उत्साहित रहेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं घर में खुशी का माहौल रहेगा आज आपके संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी प्राप्त होगी आज आप की और ऑफिस में आपके कुछ लोग आपकी और आकर्षित होते हुए नजर आएंगे जीवन साथी के साथ आज आपका तालमेल बढ़िया रहेगा आज कहीं बाहर जाकर के आप लोगों को डिनर करने का प्रोग्राम बन रहा है व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर आज सिंह राशि के जातकों को प्राप्त होंगे किसी काम में कम मेहनत से ही आज आपको अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है आज अनाथालय में कोशिश कीजिएगा कुछ पका हुआ भोजन बांटिएगा जिससे आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा पाँच कन्या राशि के जात को आज परिवार वालों के साथ खुशी के पल बिताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कन्या राशि के जात को जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है दोस्तों और शिक्षकों का आज आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा जो लोग मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए हैं फाइनेंस के काम से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आज आप मन में राहत महसूस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कार्य में चुनौतियों का सामना करने में आज आप सफल रहेंगे साथ ही साथ आज किसी काम में अपने जीवन साथी का आपको मदद प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कैरियर में नए आयाम स्थापित होंगे आज के दिन गणपति अथर्वशीर्ष का आप लोग पाठ करिए आपको लाभ के तमाम अवसर मिलेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह तुला राशि के जात तो आज स्वास्थ्य में कुछ आपके गिरावट हो सकती है स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है घरेलू कार्यों में आज आपकी व्यस्तता बढ़ने की संभावना रहेगी आप अपने काम के लिए आज किसी से मदद लेते हुए दिखाई पड़ है परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बनती हुई दिख रही है आज आपको काम के प्रति किसी तरीके के आलस्य से बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपको किसी तरीके का तनाव महसूस हो सकता है मन आज आपका अशांत रह सकता है आज आपको सितारे अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की सलाह दे रहे हैं जो लोग फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक रहेगा आज के दिन गणेश जी को कोशिश कीजिएगा दुर्बा आप लोग चढ़ाइए और एक मीठा पान चढ़ाइए आपके सभी काम बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा दो वृश्चिक राशि आज किसी पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही हैं आज आप लोग कहीं बाहर घूमने पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं पिता के सहयोग से कोई जरूरी काम पूरा हो जाएगा आज आप कार्यालय पर अपने खूब मेहनत करेंगे ऑफिस में खूब मेहनत करेंगे आपको तमाम उपलब्धियां मिलेंगी जो लोग विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी जिससे समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आज के दिन जीवन साथी के साथ संबंध बढ़े बेहतर होंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गणेश जी को आप लोगों को दूध से अभिषेक करना रहेगा ओम गंग जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा आज आप दोनों लोगों के बीच नजदीकियां बढ़ेगी प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए आज का दिन रहने वाला है आज आपके साथ सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अधिकारियों से आज खास मामलों पर आपकी बातचीत हो सकती है आज आप किसी भी काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे जिससे आपकी तारीफ होगी आज के दिन उच्च अधिकारियों द्वारा कोई आपको इनाम इत्यादि भी मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भीगी हुई मूँग आज आपको गाय को खिलानी रहेगी शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा जो है नौ मकर राशि नई ऊर्जा से भरे रहेंगे आज आज का दिन नए रोजगार के की ओर इंडिकेशन दे रहा है काम में आपके सफलता मिलेगी आज जीवन साथी के साथ किसी ठंडक जगह पर या हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं बिजनेस में सब कुछ आज आपका अच्छा चलेगा आज आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलेगा इससे आज, आज, आज आपको फायदा होगा इसमें आज आप लोग पार्टी का आनंद उठाएंगे और जो लोग लॉयर हैं वकील हैं उन्हें आज किसी बड़े केस में जीत या सफलता हासिल हो सकती है आज आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम गंगा गणपतना महामंत्र नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना रहेगा और शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो कुंभ राशि एक्वायर्स। आज का राशिफल कहता है कि आज का दिन कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा माता पिता के साथ आज आपके संबंध बेहतर रहेंगे उनके साथ आज आप लोग किसी तीर्थ पर या किसी जो है स्नान में जा सकते हैं कोर्ट कचहरी के किसी मामले में आज फैसला आपके पक्ष में रहेगा मन में प्रसन्नता बनी रहेगी आज आपके बच्चे बड़े प्रसन्न रहेंगे कुछ लोग आज आप जो है मतलब आपसे जो है ईर्ष्या रखेंगे ज्वेलसी रखेंगे और आपके उच्चाधिकारियों को आपके प्रति थोड़ा सा भड़काएंगे इससे आपको सावधान रहना होगा सेहत के लिहाज से आज आप खुद को तरोताजा महसूस रखेंगे प्रेम संबंधों में आज आपको मजबूती आती हुई दिखाई पड़ रही उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज शिवलिंग पर जल में थोड़ी सी इलायची डाल करके ओम ह्रीम नम शिवाय मंत्र से अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो हमारी जो अगली राशि आती है मीन राशि आती है और ये अंतिम राशि है तो मीन राशि के जात को आज राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की समाज में और अच्छी छवि बनेगी आज इसका लाभ आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा पैसों से जुड़े कुछ काम आज आपके रुक सकते हैं आज आप दूसरों की समस्याओं से विचलित हो सकते हैं जो युवा जॉब की तलाश में है आज उनकी किसी अच्छी जगह पर नौकरी लगने की संभावनाएँ दिख रही हैं बिजनेस में आज आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी मंदिर के बाहर बैठे लोगों को आज जो है थोड़ा सा आपको करना क्या रहेगा पका हुआ भोजन कराना रहेगा और वस्त्रों का दान करना रहेगा इसके साथ साथ आज जो प्रातः काल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है आपके ऑफिस में आपके कार्य क्षेत्र पर आपके उच्चाधिकारी आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे और साथ ही साथ आज आपको सैलरी में इंक्रीमेंट इत्यादि मिल सकती है आज अचानक से धन लाभ होता हुआ मीन राशि के जातकों को दिखाई पड़ रहा है तो उपाय करना क्या रहेगा मंदिर के बाहर बैठे लोगों को कुछ पका हुआ भोजन कराइए और वस्त्रों का दान दीजिए साथ ही साथ आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना रहेगा केसर का सेवन किसी भी रूप में आज आप लोग कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तो दर्शकों ये तो था हमारा मे से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल अर्थात पंद्रह जनवरी का राशिफल हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये राशिफल पसंद आ रहा है और आप अपना जो प्यार इसने हम पर बरसा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बगल में बना हुआ बेल आइकन भी आपने दबाया हुआ हो, होगा दर्शकों आपके शहर दिल्ली में हम आ रहे हैं 18, 19, 20 को तो जो भी दर्शक दिल्ली क्षेत्र या इसके आसपास के क्षेत्र से है अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए कैसा लगा ये प्रोग्राम पुनः कमेंट के माध्यम से अवगत करिए और इस कमेंट रूपी जो है बॉक्स में आप लोग जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने किसी नए प्रोग्राम में तब तक के लिए नमस्कार